से अनार, नार। बड़ा से आम, आम। इमली, इमली। बड़ी से बड़ी से ई, बड़ी ऊ उल्लू, ऊ से उल्लू। बड़ा ऊ ऊ से बड़ा से ऊट रात से ऐसी no ai che e no use okli